आएगा इस कैसे हो आप न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है हम जा रहे हैं अभी घूमने हिराकुत जो जो हिराकुत देखे हुए हो, हो कमेंट में लिखना हम गए हैं हिराकुत बोल के हम अभी जाएंगे हिराकुत क्यों भाई हिरा कुछ ना हाँ जाएंगे जाएंगे आप देखते रहना हम जाएंगे अभी हिराकुत आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कमेंट सब कर देना और मत भूलना भाई लोग हम अभी हिराकू आप kabhi lag gaya bhai sam sido ho Still I get up, time is belly on the side I don't want to waste what's left The storms we chase and leadin us and love is all we we'll ever trust Yeah no I don't want to waste what's left. highways to my shadow through the sun rays and I... आप देख सकते हो तो इधर इधर का इदर का भी व्यू देख सकते हो हम अभी दिखाएंगे ये वो शासन वो शासन कैनाल है हम अभी आपको आप देख सकते हो तो इधर ये शासन कैनाल जाता है ये वाला ये शासन कैनाल है इधर गेट ओपन होता है इधर और ये वाला रहा इधर का साइड का हम नीचे नहाएँगे अभी अभी गाड़ी तो नहीं आ रहा ना ये जाता है ये वाला शासन हम कैनालिए देख लो अच्छे से इधर काम चल रहा था वो कैनाल का काम अभी बंद है हम अभी जाएंगे अभी नहाएंगे अभी इस गाड़ी में आए हैं हम अभी नहाएंगे अभी हम लोग तो ये जा रहा है नहाने के लिए हम मिल जाएंगे उसके पीछे ठंडे के मौसम में अच्छा है पानी पानी कैसा है भाई कमेंट में जरूर बोलना कैसा पानी है ये देखो हम नहाएँगे अभी पानी आप देख सकते हो ये इधर से जाता है पानी शासन केनाल की के तरफ अभी नहाएंगे अभी इधर और नीचे जाएंगे अभी हम लोग बाय दोस्तों हम रहेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे आपको